चुप चुप माही है बोले कैसे बैना जा बोले कैसे बैना जा चुप माही चुप है जा जा, जा। तो है जाब तेरा रब्बा रब्बा